साथियों प्रणाम लाइव के माध्यम से आज आप देख रहे हैं ये पांच प्रभु जी जो काफ़ी समय पहले विभिन्न स्थानों से इन्हें सेवा उपचार हेतु लाया गया था और आज ये प्रभु जी स्वस्थ हो चुके हैं और अपना पता बता रहे हैं और फेसबुक सहयोगियों से अनुरोध है कि इन्हें इनके घर तक पहुंचाने में इनकी मदद करें ये सभी हैं अपना पता बता रहे हैं अपना नाम जो भी है इनसे इनके बारे में पूछेंगे और सभी फेसबुक सहयोगियों के माध्यम से ये वीडियो शेयर कर तथा इन्हें जानते पहचानते हो तो इनके घर तक यह वीडियो पहुँचाएँ इनसे पूछते हैं क्या नाम है भैया जी आपका नाम सुनील है सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं मैं तो मिर्जापुर रघईपुर का मेरा घर है गांव कौन सा आपका गांव है रघईपुर रघईपुर जी मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जिला यू? है मेरा हाँ यूपी में उत्तर प्रदेश में उत्तर यूपी में हाँ हाँ परिवार में कौन कौन है परिवार में भाई है सब अपना अलग है अच्छा आपकी शादी हो गयी शादी हो गयी बीबी अपने घर रहती है अच्छा पत्नी का क्या नाम है पत्नी का नाम है मीना मीना जी और बच्चे हैं हैं एक है। बच्चे है, एक लड़का एक लड़की अपने घर काफी दिन से उससे कुछ मेरा झगड़ा हो गया इसलिए कितने दिन हो गए झगड़े को आरे साहब पदे पाँच छः साल पाँच छः साल हो गयी जी जी जाति क्या आपकी जात है मेरा ब्राह्मण उपाध्याय ब्राह्मण हो जी देख सकते है भैया पूरा नाम पता बताया गाँव का नाम और मिर्जापुर जिले के मैं क्या काम करते हैं आप हम तो अपना पानी उधर गाड़ी ओड़ी चलाते हैं जी अब यहाँ तो साथ हमको भिक्षा मांगने में भेजे हैं यहाँ पे पिताजी पर... का क्या नाम है? पिताजी का नाम है पिताजी से मतलब मेरा नहीं रहता नहीं, नाम, तो नाम, तो नाम हरिशंकर और माता का माता का है सावित्री देवी ठीक इनका पता पूरा हुआ और अब इनसे पूछते हैं क्या नाम है भैया संतोष कुमार कहाँ के रहने वाले बिहार के कौन सा गांव है है नगर. नगर. और जिला भोजपुर भोजपुर परिवार में कौन कौन है भैया भाभी भैया भाभी मम्मी पापा है माई नई बाबूवरण माई डेड करो भैया अच्छा और पिताजी बाबू बरण कमला प्रसाद क्या गुम पान लोखान भाई का क्या नाम है राम जी राम रामजी राम जी, राम जी।, राम जी। और भाभी का मंजू मंजू पिताजी का कमला प्रसाद कमला प्रसाद और माता जी का शिला देवी शिला देवी अच्छा शादी हो गई? ना शादी में कैसे निकल गए थे घर से? ठंडा दिन रेलवे से गंगा दिन हाँ आ। जी जी तो उतार ना में सुतला बुझाई नहीं बजे आप देख, देख सकते हैं सभी का पता कौन रूप से बता रहे हैं प्रभू जी और ये काफी दिनों से कह रहे थे कि हमें घर जाना है घर जाना है आज हो गया फेसबुक के माध्यम से इनका पता कर सकते हैं भैया मेरा बोले बोले हैं जी कहाँ के रहने वाले हैं जी क्या पौड़ी गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल कहाँ पड़ता है उत्तरांचल उत्तराखंड उत्तरांचल उत्तराखंड जी गांव कौन सा है गांव मरोड़ा मरोड़ा जी जी परिवार में कौन कौन है परिवार में माँ है पित, पिता नहीं है अच्छा दो ती, तीसरा भाई दो भाई और हैं तीसरा भाई में जाति क्या आपकी हमारे डंगवाल कास्ट है कास्ट डाल अच्छा डंगवाल कास्ट है आपकी जी जी शादी हो गई आपकी शादी नहीं हो अच्छा तो माता जी का नाम बताएंगे भैया नारायणी और पिताजी का दयाल सिंह दयाल सिंह दयाल सिंह दयाल सिंह जी और कोई पहचान चिन्ह है वहाँ का आपके गांव के आसपास कोई मंदिर वगैरह आप यहाँ से घर कैसे जाएंगे बताएंगे कुछ अगर आपको ट्रेन में बैठाया जाए यहाँ से आप कैसे जाएंगे घर यहाँ से आप गाड़ी में ले जाएंगे हाँ कौन से स्टेशन के लिए जाएंगे यहाँ से ये पुरानी दिल्ली पुरानी दिल्ली लेके आया था हमें जी पिछली बार आपकी गाड़ी ऋषिकेश चलती है एम्बुलेशन इंबुल, एम्बुलेशन है आपकी ऋषिकेश चलती है वो गाड़ी अब ऋषिकेश बस में जाऊंगा घर में अच्छा ऋषिकेश के लिए बैठेंगे पौड़ी, पौड़ी, अच्छा पौड़ी पौड़ी से कितनी दूर है गाँव पौड़ी से दस दस किलोमीटर है दस किलोमीटर आ गया दस दस पं, जी, जी। पंद्रह किलोमीटर क्या नाम है बाबूजी जी खल राम पंद्रह किलोमीटर खलील जी दस पंद्रह किलोमीटर कहाँ के रहने वाले हैं हम एमपी के आगे चोपड़ा एम एमपी से आगे चोपड़ा है। चोपड़ा क्या है चोपड़ा क्या लगता है चोपड़ा जिला जिला है तालुका जी गांव कौन शादी हो गयी हाँ क्या नाम है पत्नी का नफिसा नफिसा नफिसा हाँ बच्चे हैं हाँ तीन लड़के एक लड़का है नाम बताएंगे उनका एक, एक का नाम शाहन है, है एक का नाम मुस्तान है एक का नाम है एक का नाम आमीन है आपके गांव के नजदीकी गांव कौन सा है और नज़दीकी वैसे ये एमपी से चोपड़ा नहीं है चोपड़े से आरा थोड़ा दूर पंद्रह किलोमीटर आस पास कोई और गांव है नहीं खेड़े पारे जी पिताजी का क्या नाम है रजक और माताजी का हमीदा हमीदा जी बिल्कुल देख सकते हैं आप सभी अपना पता स्वस्थ होने पर सही तरह से पता बता रहे हैं भैया क्या नाम है आपका राकेश झा राकेश झा राकेश झा कहाँ के रहने वाले है झारखण्ड झारखंड के झारखंड हाँ. में कौन से जिले के है ये अच्छा सराय जिला सराय खरसमा अच्छा शादी हो गई? शादी नहीं का क्या नाम है भाई का नाम है और बहन का हाँ? कितने भाई हैं मेरा वो मामा का लड़का है मेरा चार मामा से मामा थे पिताजी का क्या नाम है पिताजी का स्वर्ग ज्योतिष झा और माताजी का रंजना देवी रंजना देवी घर जाना चाहते हैं कितने दिन हो गए घर से निकले हुए घर से निकले हुए मेरे तो दो हजार उन्नीस में निकले थे जी क्या काम करते थे आप काम करते थे हरियाणा में बेलदारी हरियाणा में बिलदारी का काम करते थे क्या हुआ था आपको फिर यहाँ आ गए वहाँ से हम सिर्फ सिर्फ सिर्फ थे का जाप करते करते यहाँ पे जी तो हम सही रूप से बढ़िया है हमें घर पहुँचा देते बिल्कुल पहुँचाएँगे आप सभी ने अपना पूरा पता बताया है जैसा कि सभी प्रोग्रामों ने तो तो जी जी बिल्कुल भेजवाएंगे सभी को और है कोई अपना पता बताना चाहे जी जी गाँव कारोड़ कौन सा है जिला रोहतक गांव जी जिला रोहतक हरियाणा में जी जी जी माता का नाम जी। का नाम नाम सुभाष अच्छा और शादी हो गई हाँ जी शादी हुई है क्या नाम है पत्नी का उमा भारती उमा भारती और बच्चे हैं अभी महाराष्ट्र में है जी बच्चा होगा जी जी जी अभी वर्ष लगेगा कैसे निकलाए आप घर से बस उन्होंने ही भेज दिया मैं बाबा था जी बाबा अपने गया था अपने हरिद्वार इसी के स्कूल रहा था वहाँ से मुंबई घूमने चल रहा में बाबा जी मिलते हैं वहाँ पे शादी हुई थी उन्हीं के वहाँ पे अब कैसे हैं आप अब ठीक ठाक हैं घर जाना चाहते हैं है। अच्छा, हाँ जी घर जाना चाहते हैं पिताजी का क्या नाम है पिताजी का नाम सुभाष थी और माताजी का माताजी का नाम है सुनीता सुनीता भाई है भाई नहीं। के मेरे काका के दो के। क्या नाम है उनका सागर विक्रम अच्छा गांव के पास कोई नजदीकी गांव गांव अच्छा गाँव गाँव स्थल चुलेना रोहतक देख सकते हैं आपसे है जो घर जाना चाहते है और अवसर चुके हैं सर जी, क्या नाम है राजू गिरी राजू गिरी कहाँ के रहने वाले हैं राजू जी रीवा रीवा के? सा है? रीवा जीदा। रीवा हम लोग परिवार में कौन कौन है माँ पापा पापा पिताजी का क्या नाम है राजकुमार गिरी राजकुमार खरे गिरी गिरी माता का सविता गिरी शादी हो गई आपकी नहीं भाई बहन है क्या नाम है भाई का विकास गिरी विकास गिरी बहन साथ हाँ जल्दी भेजवाएंगे आपने अपना पता बताया है तो आपको जैसे ही आपके परिवार वालों को यहाँ से खबर मिलेगी हमारे फेसबुक साथी हैं, वो भी आपके घर ये सूचना ऐसी बाबा जी हम लोग कुछ प्रवजन है जो संख्या में है, है और घर जाना चाहते हैं बाबा जी हम लोग ऐसे ही प्रतिदिन के बारे में पूछेंगे और फेसबुक साथियों के माध्यम से भाई घर पहुंचाने का जो सहयोग है वह पूर्ण रूप से मिल रहा है और इसी सहयोग के साथ सभी साथियों को प्रणाम